नमस्कार दोस्तों आज इस वर्ल्ड हार्ट डे के उपलक्ष में मैं आपको एक सिंपल फॉर्मूला बताऊंगा जिसको कि आप अपना के हृदय रोग से काफी हद तक बच सकते हैं यह सिंपल फॉर्मूला है ए बी सी डी ई ए मतलब ए वन सी आपको आपको ए वन सी आपका ब्लड शुगर नापने का एक मापदंड होता है इसको आपको 6.5 से कम रखना है तो अगर आपका ए कंट्रोल में है मतलब आपका ब्लड शुगर कंट्रोल में है और आप हृदय रोग से काफी हद तक निजात पा सकते हैं फॉर्मूले का दूसरा पार्ट है बी, बी मतलब ब्लड या हाई हाई ब्लड प्रेशर प्रेशर या या हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन हाई हमारे दिल पर सीधा असर करता है इसलिए आवश्यक है कि हम अपना ब्लड प्रेशर नियमित रूप से उसकी जांच कराएं। और अगर यह ब्लड प्रेशर हाई होता है तो या तो लाइफ या दवाइयों के माध्यम से हमें इसे एक सौ से कम लाना है तीसरा पार्ट है फॉर्मूले का सी सी मतलब सिगरेट स्मोकिंग किसी भी फॉर्म में हो चाहे सिगरेट तंबाकू बीड़ी हो वो ना केवल हमें हमारे हार्ट को खानी पहुंचाती है बल्कि हमें कैंसर का भी रिस्क दे सकती है सी से दूसरा पार्ट है कोलेस्ट्रोल हमें अपना कोलेस्ट्रॉल नियमित रूप से चेक कराना है और अगर हमारा कोलेस्ट्रोल पर्टिकुलरली एलडीएल डी को कोले सौ से कम रखना है नेक्स्ट आता है डी डी मतलब हमें एक डाएट, डाएट, डाएट अपनाना है और सेचुएटेड फैट्स ट्रांसफेटी एसिड सिंपल कार्बोहाइड्रेट इन सबसे दूर रहना है नेक्स्ट आखरी आखिरी फॉर्मुले का पार्ट है ई e. e. मतलब एक्सरसाइज हरेक एक आदमी को चाहे वो दुबला मोटा कैसा भी हो उसे कोई ना कोई फॉर्म में एक्सरसाइज करना चाहिए और एक्सरसाइज हमें कम से कम हफ्ते में पांच दिन करना चाहिए या फिर कुल मिला 150 एक, एक मिनट प्रति वीक एक्सरसाइज हमें करना चाहिए कोई भी एक्सरसाइज आप कर सकते हैं वॉकिंग जॉगिंग मेडिटेशन योगा पर कोई ना कोई एक्सरसाइज करना बहुत जरूरी है इसे एक और इम्पोर्टेंट चीज होती है इमोशंस हमें अपने नेगेटिव इमोशंस नेगेटिव स्ट्रेस से दूर रहना है क्योंकि ऐसा पाया गया है कि अगर आदमी स्ट्रेस करता है या नेगेटिव इमोशंस अपने आप में लेता है तो उससे प्लाग रप्चर और हार्ट अटैक के चांस बढ़ जाते हैं इसलिए हमें पॉजिटिव इमोशंस रखना है दोस्तों जो ए बी सी डी ई फॉर्मूले का रखे ख्याल उसका दिल रहे जवान सालो साल सालो साल थैंक यू